See, में ये सब थोड़ा काम का चीज है शॉर्टकट इट्स बेटर लाइक फ्रेम का एफ एफ आई प्लेस एफ हो जाएगा अगर हमको पॉइंट करना है तो, तो ये नोटिस कर ली ये वाला एस बी यहाँ आ जाता है इस अगर वी फॉर पॉइंटर ओके एंड एफ फॉर फ्रेम हमेशा तुमको जहां जाएगा uh, हम इसको याद किए पेट्रोल एफ पी टी आर ओ एल ओके आर फॉर रेक्टेंगल टूल रेक्टैंगल टूल Okay. पेट्रोल का आर ओ एल बचा है तो ओ फॉर सर्कल होता है दिखता है सी से लेकिन ellipse, uh -huh. ellipse tool, नाम है ओके ओके आपने को सर्कल बनाना, बनाना, बनाना है तो पेट्रोल का आर ओ एल रेक्टेंगल ओ फॉर एल एप्स एंड एल फॉर लाइन टेक्स्ट तुमको कहीं भी टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के लिए टी E for? T for text tool. No, e for, petrol ka e. E circle O oh, uh, uh -huh. okay. एंड एफ फॉर फ्रेम टूल याद रहेगा हम तुमको uh -huh. दिमाग में मतलब शॉर्टकट याद करेंगे बिकॉज इसमें बहुत शॉर्टकट जितना याद करोगे ना उतना speed बढ़ेगा If you you want to to get into this field, you need to be really fast at it. UI is तो में UX में काम करोगी. अभी हम तुमको टूल सिखा रहे बिकॉज का यूएक्स एंड आई तो अभी हम लोग सिर्फ यू आई का बात कर रहे हैं UX का नहीं. UI हो गया, बटन कैसे बनाते हैं और तेरा यूएक्स हो गया बटन कैसा दिखा एंड इसको क्या बोले एक्सेप्ट है अगर कोई ऐप होगा रिमूव दिस बटन सो इट शुड लुक लाइक दिस तो बटन कैसा काम करेगा वो होगा तेरा यू एक्स लाइक यू वॉन्ट द यूजर टू प्रेस दैट बट दिस बटन तो अपन इसका बनावट ऐसा कुछ रखेंगे और अगर mm -hmm. कैंसिल एंड दिस इज़ द सेकेंडरी बटन इतना ऑलराइट रहता है तो ये पूरा चैप्टर टेक्सट के बारे में ओके okay. okay. जोड़ना फिर दूसरा चीज आता है के बाद mm -hmm. तो इत, बाद इमेजेस इमेजेस तो टॉक अबाउट उसके कलर ठीक है आप में yeah. क्या है? क्या आपका कलर्स के बारे में देखेंगे आपका टाइपोग्राफी के बारे में देखेंगे कौन सा फॉन्ट यूज करता सा फॉन्ट आपका yeah. लेटर्स का दिखाते हैं and we can find एंड कलर पैलेट ठीक है डिजाइन करने के लिए इलेट्रेटर और फोटोशॉप यूज करते हैं प्रिंट और डिजिटल uh, डिजाइन के लिए अडोब इन डिजाइन यूज करते हैं आईकॉन का फ्लैट आईकॉन फॉसफर नॉन प्रोजेक्ट आईकॉन फाइंड ए न्यूक्स वे यू कैन फाइंड आईकन्स इफ आई गो टू आई प्रेस दिस सो यहाँ पर you can find infinite icons all right what do you mean by infinite icon can you show Icons me an option? In, uh, it's like For example. when the tool uh agar already search icon bana hua hai to tum dusra cheez kyon banaogi does it make sense home icon old uh a -huh. home ka icon ye hota hai search okay. ka ye hota hai message send karne ka ye hota hai delete karne ka ye hota hai chote chote buttons hoge na mm uh -huh. तो उसको अपन बदलेंगे नहीं वन वन ही लिखाता है तो वो वन ही लिखाता है लेकिन वन लिखना आसान है, लिखना है।, बटन है वन का। गया। गया। लेकिन आइकन आइकन का रिसोर्सिस जरूरी है उसके गया। गया। बाद फोटोग्राफ चाहिए तोल यू इमेजेस फॉर फ्री स्टॉक फ्री इमेजेस लाइक फॉर विच तुमको अच्छा फोटो चाहिए होता है ना का तो सुंदर लगेगा। लेकिन तुम so, के तौर पे हम लोग चलो splash में चलते हैं। ये फोटो चाहिए बोलो hmm. तुम कोई ट्रेवल एजेंट बना This this one really cute no okay and and then you do download download download free free yeah it's a download for free. I'll press download, allow thanks thanks social media like professionally you, professional use use professional okay. sweet people in this world yeah so this is how you download अब उसका uh, रेजोल्यूशन uh, बड़ा होता है और वो होके में रहेगा ये देख रही हो? Mm -hmm. अब uh, plugin का दिखा रहे that how it makes your life easier. Okay. क्या क्या क्या क्या नाम नाम था? क्या नाम क्या था चीज right? चीज का? का? का। अभी तो दिखाया ये प्लगइन में गया yeah. प्लगइन में डाउनसाइज कंप्रेस एंड इमेजेस विदाउट लीविंग तो पर पर पर हम हम पहले गए आया देखा जो यूज करते आ रहे लेकिन यहाँ डाउनसाइज नहीं दिख रहे टू फाइंड प्लग प्लगइन एंड इट वाज डाउन डाउनसाइज रन इफ आई रन दिस Mm -hmm. PNG to JPG where possible select frames with images तो mm तो -hmm. so हम हम को फोटो डालना है जाते हैं yeah. था, yeah. yeah. था तो, वही पे तो था वही थाज mm. MB अगर वेबसाइट में सेवन पॉइंट सिक्स एमबी का फोटो डाल दिया ना तो वो तबाह हो जाएगा अब फोटो पेस्ट कैसे करते हैं ये देखो क्लिक एंड एंड ड्रैग लुक्स क्यूट ओके okay. yeah. अब कंप्रेस प्रॉपर्टी जीरो पॉइंट वन एम बी नाइन परसेंट लेस कर दिया दैट्स नाइस nice. दिस इज हाउ प्लग मेक्स यू लाइफ एंड यू फोटो का क्वालिटी रेजोल्यूशन फोन के अगर ये होता फोटो में होता तो परफेक्ट है राइट यू कैन सी दिस इज हाउ यू वर्क विदोर्सेज हेल्प यू स्पीड ऑफ द प्रोसेस कलर्स के बारे में बात कर लिए आइकन्स के बारे में बात कर लिए इलेट्रेशन इलेट्रेशन आर लाइक अगर जैसे डेवलप एक चीज हो सकता है तुम डिजाइन कर सकते और एक चीज हो सकता है बंदा डेवलप कर सकता है ठीक है हम्म तो सबको सब, सब तुम्हारा तो सबका ट्रेन छूट रहा है ओके okay. एंड सबको हरबड़ी लगती है मतलब क्लाइंट आएगा कस्टमर आएगा कि हमको ये चाहिए नहीं? तो वो हमेशा रश में रहेगा मतलब यू गेट द पॉइंट उसको टाइम आओ तुम डिजाइन okay. कर दी एनिमेशन वाला ओके okay. तो ये जो वेक्टर ही है हम्म इलस्ट्रेशंस दीस आर वेक्टर ग्राफिक्स जो थ्री डी मेंिसजन हम तुमको छह महीना दे देंगे अब उसको ब्यूटिफिकेशन करने के लिए छह महीना और चाहिए तो तुमको करना करना है कि नहीं करना है। तुम तुम्हारा एक करोड़ रूपए बनाने में हेल्प करोगी मार्केटिंग hmm. एक एस्पेक्ट होता है और ये दूसरा एस्पेक्ट होता है लेकिन अगर लोग समझ से पहले ईजा हो जाता तो लोग भले ही ज्यादा वो लोग यूज नहीं करते हैं बिकॉज़ वो अभी तक पहुंचे नहीं है वहां पे जैसे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का हम लोग जो बात करते हैं लोग अभी तैयार नहीं है इट्स अ वंडरफुल थिंग बट पीपल आर नॉट रेडी येट ट्रू सो सेम गोस फॉर इलस्ट्रेशंस लाइक इट्स फॉर ब्यूटीफिकेशन फॉर प्रेजेंटेशन कीनोट पावर पॉइंट गूगल स्लाइड्स बेसिक था लाइक बायोफ्रेम्स एंड प्रोटोटाइप्स अब ये चीज दिख रहा है हम्म Uh, ये सब रिसोर्सेस बनाने के अब तुमको कोई भी चीज बनाना है कोई ढांचा तो, pen यहाँ पर इमेजेक्ट डालेंगे यहाँ पर ये यह होगा वहां पर वो होगा बाद में इमेज सिलेक्ट करेगी बाद में कलर सिलेक्ट करेगी मतलब इन ट्रिव्यूअल चीजों पर दिमाग में लगा के यूल इनिशियली फोकस ऑन द डिजाइन पार्ट दो सेगमेंट आता है लोफाई हाई फाई लो वायर फ्रेमिंग एंड हाई वायर फ्रेमिंग लोफाई तुम जो पेन पेपर ने बनाई है उसी चीज को तुम फिगमा में बना रही है लाइन्स एंड सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स के मदद से उसके बाद तुम कलर्स आइकोनोग्राफी टाइपोग्राफी में फोकस करके उसको हाई हाई करती है। ओके। okay. कस्टमर जो देखेगा वो प्रेफर करेगा। लोफाई तेरे लिए। और तुम डिजाइनिंग अकेले नहीं किया जाता एक टीम में पांच सात दस डिजाइनर भी हो सकते जैसे गूगल जैसा कंपनी में पचास पचास डिजाइनर एक चीज में काम करते नेक्स्ट बिलियन बीज एक दिमाग से काम नहीं चलेगा उनको सौ टाइप के चाहिए चाहिए चाहिए डाइवर्सिटी सब अब तुमको यूआई बारे में हैं थोड़ा सा यूएक्स के बारे बट दिस इज इंडीड हेल्पिंग जिनका अंग्रेजी उतना अच्छा नहीं है जो सब टाइटल्स yeah. देख रहे हैं तो तुम हम लोग कभी-कभी कभी-कभी कभी-कभी हमें हमें हमें भी कभी कभी हमें भी फायदा होता है भाई लेकिन वो बहुत लोगों के लिए हो गया दिस इज अ पार्ट ऑफ यू एक्स दैट ऐसा हो गया तो अपना माइंड सेट रखना है okay. इसमें बहुत सारी चीजें होती है एक होता है अब आ, तुम जर्नलिस्ट बनना चाहती है कि स्पेशलिस्ट बनना चाहती है स्पेशलिस्ट तो specialist में ना बहुत सारे फैक्टर्स है जैसे अगर की टर्मिनोलॉजी है उनके लिए मोशंस में फोकस करना चाहती हो इंटरफेस में फोकस करना चाहती हो या इंटरक्शन में फोकस करना चाहती हो ओके okay. तो उसमें होता है फिर दूसरा आता है टी शेप तुमको दो चीजें महारत हासिल है और बाकी सब तुमको आता है थोड़ा थोड़ा एंड जनरलिस्ट इज समवन जिसको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है लाइक राइट नाउ आई एम अ जनरलिस्ट हमको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है या बिकॉज़ यू आर बिगिनर हां तो इसमें एक स्पेशलाइज इन टू समथिंग सो वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन इज यूआई राइटिंग यूआई यूएक्स राइटिंग तो UI UI mm -hmm. okay. मतलब आप वेबसाइट बना ली तुम टेक्स्ट भर दी टेक्स्ट में लोरेम इप्सम जानते mm -hmm. हो कैचेस यू नो अबाउट लोरेम इप्सम नो Never heard of it. Uh, basically, it's uh, Arabic Greek words which doesn't make sense, but they are in English languages. Okay. तो अभी तुमको कचरा भरना बस दिखाने के लिए यहाँ कुछ टेक्स्ट होगा तुम एबीसी e, कितना लिखेगी तो देखो कंटेंट रील करके एक है टाइम डेडिकेट करना होगा आईकन्स ढूंढने में तुमको टाइम डेडिकेट करना होगा इमेजेस में, और तुमको करना होगा, में। लेकिन एक बार के लिए सबको तो सब सुंदर दिखाएगा मतलब असली नहीं होगा असली यूजर्स नहीं होंगे लेकिन तुम सब कुछ यूज कर सकती हो समझे तो अभी लो फर्टिलिटी टाइप था ठीक है वायर फ्रेमिंग ऑफ रेक्टैंग ये ये सब करके बटन like बनाया तो तो गलत है है अगर तुम देखोगी, तो इसका फिल जो है, वो white होना चाहिए more, हम गलत बना रहे हैं मतलब बस अंतर दिखाने के लिए कि हम लोग प्राइमरी बटन इज बाय ना एंड सेकेंडरी बटन इज लर्न मोर करेक्ट लेकिन अब हम बाय नाव को सफेद करते तो इट लुक्स लाइक माई सेकेंडरी बटन अब देखो अगर हम इसको चेंज करते हैं से। तो वो जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल mm -hmm. है इमेज आना चाहिए था तो प्लग इन में कैसे जाते मेन मेन्यू है देख रहे yeah. मेरा मेन मेन्यू में गए yeah. प्लग में गए क्या नाम था I forgot. Content read. Mm -hmm. इसको याद कर लो कंटेंट रीव कंटेंट किए फ्री मीटिंग एंडिंग इन दस मिनट जॉन अब हमको यहाँ पर क्या डालना है इमेज डालना है एवटार mm -hmm. डालना है नहीं लोगो डालना है नहीं एवेटार लोगो एयरबी एन बी ये सब लोग देखो पर फोटो आ गया mm. लेकिन ये कितना फास्ट है देख. Like है देख व्हाई इट लुक लाइक क्योंकि लाइन भी खींच दिया वो हटाया जा सकता डबल okay. क्लिक mm -hmm. करते तो एडिट मोड में चला जाता है ओके okay. वो लाइन इसलिए था ताकि दिखाने के लिए कि इमेज आएगा so so it it is is fast in a way lorem lorem ipsum ipsum hmm. I तो I can go lorem ipsum. Hmm. So it was speeding up my process right now I don't need to think but hmm. hmm. so, this मैजिक ऑफा एंड वॉट हाँ हम तो वो बता रहे थे की रिसर्च के लिए तुम अगर यूएक्स राइटर बनती हो तो गूगल और मेंडले करके है वेबसाइट यहां पर तुम अपना रिसर्च वर्क कर सकती हो यूएक्स से रिलेटेड ओके फॉर एग्जांपल क्या रिसर्च वर्क मतलब कुछ भी लाइक like अगर तुमको फूड डिलीवरी एप बनाना है या कुछ भी रिसर्च करना हो सकता है ना इंस्पीरेशन लेना है तो रिसर्च वर्क का इंस्पिरे तो मैं कुछ लाइक जैसे प्रोग्रामिंग में होता है यू यू हैव हैव टू टू राइट राइट? कोड्स एंड ऑल, डोंट डू दैट हियर, हम्म, ओके। का का। किसी और फिर रिसर्च तो मैं इनका देखूंगी काम तो कैसे बनाया लाइक अवॉर्ड करके है दिस इज वन क्रेजी वेबसाइट किसका इंस्पिरेशन चाहिए नाम बोल कोई भी थीम लेट्स से यस वेबसाइट मिला ओके कोई एक भी दिखाओ सी टेक्स्ट कैसे कैसे प्रकट प्रकट हो हो रहा है, हो रहा है है ऊपर का देखिए तो तो तुम ये सब जैसे में करते थे इफेक्ट्स डालना दिस इज़ करेक्ट ओके अब डेवलपर डिजाइन करेगा तो वो ऐसा कर सकता था उसको समय देना पड़ेगा करेगा जलाना चाह रहा है hmm. तो तुम समझ रही है डेवलपर तो को की चालीस हजार तुम रखेगी साठ हजार वो रख लेगा okay. Okay. लेकिन मेन uh, चीज है डेवलपमेंट का क्योंकि अभी ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे चीज़ चीजे ना लेकिन जैसे तुम खुद से तभी मजा आएगा देख रही क्या स्मूथ है या yeah. इसके इसको बोलते हैं कुछ करता है हम लोग ये फिग्मा में बहुत आसानी से कर सकते हैं लेकिन इट टेक्स अ टैलेंटेड Of taste, तो वो करके करके करके आएगा ये ये तुम कर सकते काम पे अच्छा का भी भी है है में एक उसका भी बहुत बढ़िया टीचिंग है उसका बारह घंटे का कोर्स so uh, uh, है। नोट फ्रॉम फर्स्ट सॉरी यूट्यूब बिकॉज इट्स जलाने के लिए नहीं है नो नो आई जस्ट वॉन्ट टू सी क्या है time, कैसे है, तो अगर तुमको किताब पढ़ना यू तो तुमको फ्री का किताब भेज देंगे जैसे हार्ड कॉपी जैसे हार्ड अ सॉफ्ट कॉपी आल्सो आई डोंट माइंड हम अभी भी इज दैट वो तो मेरे पास रखा हुआ है या हम को हार्ड कैसे भेजोगे या लेकिन तुम तुम आंख खुल जाएगा मतलब तुम वो पढ़ोगे ना तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा yeah. ओ ऐसा लाइक यू स्टार्ट लाइक 5w 5 who where what when why यू नीड टू आंसर दीस क्वेश्चंस व्हाई डू आई नीड टू आंसर दीस क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करना अगर इस लाइन में घुसना है तो फिर दिस इज कोलैबोरेशन ऐसे तुम हम बता चुके कोर्क ऑन योर फोन डेवलपमेंट से पहले सो देट यू कैन टेस्ट इट ऑन योर यूज आदमी लोग से okay. बात हम लोग बेस्ट क्यों है बिकॉज आदमी को हम लोग एक प्रोटोटाइप mm -hmm. बना के दे सकते हैं अगर तुम सारा स्क्रीन mm -hmm. बना ली ना तो प्रोटोटाइपिंग इज लाइक स्क्रीन को कनेक्ट करना है Okay. So, <coughs> have you created any uh, like like the dummy profile uh, website or anything? Yes. Yeah, I have. Here a prototype. I have created. Basically, prototype means. This button will. If we click on it, it will come here. Now, this is the home button. If we click on the home button, it will come here. Then, the menu button. The menu button. Where it will come? We have not decided. So, we do not say anything. We do not say anything. It is all about the number of pages. <laughs> अभी हम तुमको दिखाने के लिए, हम नहीं जोड़े हैं। उसके लिए डिजाइन कर रही हो तुम अपना फोन में लाइव देख सकती हो कि पिक्सल बिकॉज कोई ऊपर नीचे तो नहीं है है कितना स्पेस देना हम्म यू यू डिजाइन ऑन ऑन लैपटॉप या या या या आई डू डू एंड देन उसके बाद हाउ सी योर फोन करके है तुमको प्ले स्टोर स्टोर से डाउनलोड करने का है. Mm -hmm. अगर नहीं भी करती हो तो ये बिना किसी आईडी पासवर्ड के चलता है ओके okay, cool. इसके लिए बेस्ट पॉइंट लैपटॉप नहीं भी है तो इंटरनेट कैफे में ओके कैन यू यू शो इट टू मी ऑन माय फोन व्हाट क्रिएटेड। अभी कुछ अच्छा सा बना के दिखाएंगे अभी तुम तो मजा नहीं नहीं। आएगा। लाइक पेज। नो एग्जांपल एग्जांपल। गिव मी एन तो ये फिर फ़ोन how... में में ऐसे ही खुलेगा। होम क्लिक करेंगे okay. तो okay. आगे तो तो का सारा पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली जितने